मेरी हरे पन्न पे मेरे जीते जी बा जी हरे कल हर घर में तू लिख दे मेरा हर कहानी के सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सचो